हेलो एवरी वन स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल इस डीक्रोनिकल पर आज हम करेंगे सी एंड कुछ कुछ टच करके जाएंगे इंस्टॉलमेंट कॉन्सेप्ट को से को सोल्व किया जाता है अभी तक हमारी तीन क्लासेज सी आई एस आई पे हो चुकी है, अभी क्लास है। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं लगाई है तो जाके वो क्लासेज पहले लगाई अगर आप सभी को हमारी क्लासेज पसंद आती है तो वीडियो को शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए जिससे आने वाली क्लासेस का भी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे चलिए फिर शुरू करते हैं ए लोन ऑफ 1235% पर एलएम सीआई इज टू बी रिपेाइड इन टू इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फाइंड द इंस्टॉलमेंट क्या बताया है? अपने को पांच परसेंट रेट है इस पर अपने को हर साल के अंत में टू इक्वल इंस्टॉलमेंट में बारह हजार तीन सौ रुपए का जो उधार हमारा है या फिर जो लोन है अपने पास बारह हजार तीन सौ रुपए का उतार देना है तो किस प्रकार से करेंगे पहले साल के लिए एक साल के लिए क्या होता है बीस से इक्कीस दो साल के लिए क्या करते हैं बीस से इक्कीस 20 से 21, क्या हो गया है चार सौ से चार सौ इकतालीस यहां पे लिख दो चार सौ से चार सौ इकतालीस पहले साल के अगर हमारे शुरुआत में बीस रुपए थे बीस की जगह इक्कीस चुकाने पड़े पहले साल के लास्ट में वही अगर बीस रुपए थे बीस की जगह चार सौ लिख सकते हैं अगर चार सौ रुपए थे तो चार सौ इकतालीस अपने को क्या होता है लास्ट दो साल के लास्ट में दोनों इंस्टॉलमेंट हैं ये दोनों इक्वल है इसको इक्वल करें तो इसको भी 21 से मल्टीप्लाई कर दें इधर भी 21 से करेंगे तो क्या आएगा देखिए करके ऊपर वाला क्या आया दोनों जगह 21 से मल्टीप्लाई किया इधर 20 को 21 से किया चार इधर चार सौ इकतालीस इक्वल आ गई दोनों चार सौ इधर टोटल अमाउंट अपने पास कितना था लोन का वो आ गया चार चार सौ प्लस चार आठ सौ बीस आ गया पर अपने पास लोन अपने पर लोन कितने का आठ सौ बीस का थोड़ी है अपने पर लोन है बारह हजार तीन सौ का जीरो से जीरो कट फोर्टी वन से कट हो रहा है टू टाइम फोर्टी से थर्टी वन की वैल्यू कितनी आ गई फिफ्टीन चार सौ इकतालीस की वैल्यू निकालनी है कर दो मल्टीप्लाई फिफ्टीन से पंद्रह को चार से किया साठ प्लस जीरो छह सौ प्लस पंद्रह को एक से किया पंद्रह कितना आया छ हजार छह सौ पंद्रह ऑप्शन नंबर बी ये अपना आंसर होगा उम्मीद है कि वर्तन आप बच्चे समझ पा रहे होंगे मैं एक बार फिर से इसको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार फिर से अपने को बताया क्या गया है अगर अपने पास पहले साल यहाँ पे अपने पास ये लोन के अमाउंट थी इसमें से कुछ रुपए यहाँ पे हमने दे दिए और इसमें से ही कुछ रुपए ब्याज लगने के बाद यहाँ पे दे दिए तो हुआ क्या है इस अमाउंट पर जो प्याज लगाए वो सिर्फ यहाँ तक लगाए उसके बाद जो बची हुई अमाउंट थी इस अमाउंट पर यहाँ तक तो सेम ब्याज लगा है क्योंकि ये लगाएं पूरी थी और कुछ उतार दिया उसके बाद बची हुई पे तक ब्याज लगा है यही तो हुआ है सोच के बताइए अमाउंट कौन सी ज्यादा हो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अमाउंट कौन सी ज्यादा बनेगी वो देखते हैं 20 है 20 के इक्कीस देने हैं एक साल बाद अगर यहाँ पे बीस रुपए थे अपने पास तो इक्कीस देने बढ़े और अगर यहाँ पे बीस से इक्कीस होता फिर यहाँ पे दो उसको है साल के अंत में दो सामान किसको चार सौ इकतालीस करने के लिए किया इधर आ गया चार सौ बीस और चार सौ आठ सौ बीस आठ सौ बीस को इक्वल रखेंगे बारह हजार तीन सौ के यहाँ से वन की वैल्यू आ गई 15, 15 को से मल्टीप्लाई करेंगे, छह हजार छह सौ पंद्रह रुपए। उम्मीद है एक वैसे अच्छे से समझ अब इसको थोड़ा पेंडिंग छोड़ते हैं। इंस्टॉलमेंट और आगे डीप में भी बढ़ेंगे पर अभी कुछ सीआई .E. की बातें करते हैं अब। सीआई .E. में अभी तक हमने क्या सीखा है अपना कवर कर लिया है इसके अलावा हमने यह सीखा है 20 से 21, 20 से इक्कीस इस प्रकार से करके चार से चार सौ इस प्रकार से सीआई निकाला सीखा है अब प्रॉब्लम कहां थी अपने पास देते दे। पहले साल के लिए एक परसेंट दूसरे साल के लिए दो परसेंट है या देते दे पहले साल के लिए छह परसेंट दूसरे साल के लिए सात परसेंट है इनकी ना तो एक फ्रिएशन बन रही है सी जी तो ये काफी टप पड़ता है इसके लिए भी आप दिखाते हैं किस प्रकार से करते हैं करते क्या है ये फॉर्मूला तो सबने पढ़ा है अब अगर हमें ये आता कहां से पढ़ाया ये निकालते हैं पहले इसके बाद इस फॉर्मूले को बिल्कुल भी आप नहीं करना है जिस तरीके से मैं बताऊंगा सिर्फ वो याद करना है फॉर्मूले को कहीं भी याद नहीं रखना इस फॉर्मूले से जल्दी जैसे अगर हमारे पास पांच और पांच परसेंट होते हैं तो किस प्रकार से करते हैं इसमें पांच प्लस पांच प्लस पांच इंटू पांच बटे सो फिर करते हैं दस प्लस पच्चीस बटे सो जीरो पॉइंट पच्चीस फिर इसको इतने हैं दस पॉइंट पच्चीस टाइम लग रहा है इससे भी बताऊंगा ऐसा भी अपने को नहीं करना है किस प्रकार से करेंगे वो देखते हैं अगर अपने को दे दिया कि एक रेट है एक्स परसेंट एक रेट है बाईस ये निकालने के लिए क्या करते हैं मान लेते है, हैं प्रिंसिपल अपना हंड्रेड तो पहले साल में कितना होगा हंड्रेड तो था ही प्लस परसेंट गया। 100 प्लस हो गया गया। हो अब अगले साल के लिए परसेंट है। हंड्रेड प्रिंसिपल प्लस अमाउंट हो, हो गई अब इसका वाई तो परसेंट निकालना है इंटरेस्ट निकाल लेते हैं अपने इंटरेस्ट चाहिए दो साल के रात में हंड्रेड प्लस एक्स वाई बटे हंड्रेड ऐसा ही होगा कुछ समझ पा रहे हैं या नहीं पहले साल के अंत में ये बनेगा अपना दूसरे साल में क्या बनेगा हंड्रेड वाई प्लस दोनों के भाई में हंड्रेड है तो इसके भाई में लेंगे जाएगा हैंड़ेड भाई हैंड़ेड ले सकते हैं ये इंटरेस्ट आ गया दूसरे साल का पहले साल का इंटरेस्ट क्या था अक्स टोटल अमाउंट यही तो थी हंड्रेड प्लस अक्स और अब ये थी। पहले पहले था, था फिर फिर साल था, कर, दूसरे साल दूसरे का अपने को निकालना है, है है करेंगे ये यही यही तो तो जो पीछे लिखा लिखा वो वो क्या कुछ तो हमने x y y नजर आ रहा होगा कहां से आ रहा है? कहा कुछ भी नहीं करना सिर्फ डायरेक्टली नजर आ रहा है अब इसको छोड़ दो अब बताता हूं मैं दूसरा तरीका दूसरा तरीका क्या होता है अपनी एक रेट है ये ये तो सेम रेट के लिए था ये कि अगर दोनों छह हो पांच पांच हो अलग अलग हो तो भी करते हैं पहली रेट है उसको अक्स मानते हैं दूसरी रेट है उसको वाई मानते हैं ऐसा ही करते हैं फिर ये यह यहाँ पे क्या करते हैं मान लेते हैं ये एक है ये है तो किस प्रकार से करते हैं वन प्लस फाइव प्लस वन इंटू फाइव बाई इज इक्वल टू सिक्स प्लस जीरो पॉइंट जीरो ऐसा करते हैं अब मैं बताता हूं सिर्फ उस प्रकार से इसको करना है रेट निकालने के लिए किस प्रकार से देखिए आपको दे दी एक रेट है दो परसेंट एक रेट है तीन परसेंट इसके लिए बताऊं क्या करना है डायरेक्ट पहले तो इनको एड करके लिख तो दो लिख दिया उसके बाद है तो दो अंकों में तो दो को तीन से किया छह सिम्बल अंक है दो अंकों में लिखना है फाइव पॉइंट अगर ऐसा ही थ्री परसेंट और टू परसेंट होता तो इसको भी सेम ही होता थ्री प्लस टू फाइव पॉइंट तो वो भी देखते हैं प्रॉब्लम भी तो आ सकती है यह तो सिंगल अंक आया डबल आ जाएगा वो भी देखते हैं तब यह सब जो अभी मैं कर रहा हूँ या साथ में आपको भी करना है पहले लिखूंगा किस किस का करेंगे अभी सेम रेट का कर रहे हैं एक परसेंट हो दो साल के लिए दो परसेंट तीन परसेंट चार परसेंट पांच परसेंट छ परसेंट सात परसेंट आठ परसेंट यहां तक करते हैं पहले तो एक परसेंट का क्या होगा एक प्लस एक दो दो पॉइंट जीरो को दो से किया चार को को चार, पॉइंट पांच से किया पच्चीस छ प्लस छह प्लस छ को छ से किया छत्तीस सात प्लस सात चौदह प्लस सात को सात से किया उनचास आठ प्लस आठ सोलह है प्लस आठ को आठ से किया चौसठ ये इनका दो साल का डायरेक्ट रेट आ गई है अब है कि मान लेते हैं अपने पास आ गया इलेवन परसेंट चलो इलेवन भी में करेंगे, 10 करेंगे।, 10 क्या करेंगे? 10 प्लस 10, 20। अपने को तो पॉइंट लगाना है टेन इंटू टेन हंड्रेड हंड्रेड के लिए पॉइंट के बाद तो दो ही होने चाहिए अपने पास आ गई थी एक को पॉइंट से पहले कर दो डबल जीरो पहले वन यहाँ पे ऐड करेंगे को करें तो ग्यारह प्लस ग्यारह बाईस और ग्यारह को ग्यारह से किया एक सौ इक्कीस इस प्रकार से लिख दो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं ऐसा भी लिखने की जरूरत नहीं है साफ नजर बाईस बहुत यूजफुल रहेगा बारह परसेंट बारह की रेट के लिए क्या करेंगे बारह प्लस बारह चौबीस को बारह से किया एक सौ मतलब प्लस वन यहाँ पे कर दो पॉइंट चौवालीस गया पचीस पॉइंट चौवालीस दो ही अंक रखने हैं अंक और भी बताऊं हूं रेट हो तो एक और तरीका होता है जैसे अपने पास मान लेते हैं 5% 5% का इस तरीके से निकालिए पांच प्लस 5 दस 10 पॉइंट पच्चीस एक होता है इसका फॉर्मूला टू आर डॉट आर स्क्वा टू आर के बाद पॉइंट लगाना है फिर आर स्क्वायर करना है आर स्क्वायर में दो अंक होने चाहिए 10 R का स्क्वायर 25 आ गया अब देखिए दो साल के लिए अपना ऐसा ही क्या होता है दो साल के लिए ऐसा ही क्या होगा अगर रेट अपने पास x परसेंट फर्स्ट ईयर के लिए y परसेंट है सेकेंड ईयर के लिए अक्सर होगा प्लस यहाँ पे y होगा ये सिंपल होगा और यहीं पे अगर सी निकालना हो तो क्या होगा x प्लस y प्लस अक्स वाई बाई सो डिफरेंस देखना हो अगर ओनली डिफरेंस तो क्या होगा अक्स वाई बाई क्वेश्चन सजीता है पहला क्वेश्चन है प्रिंसिपल आपने को दो सौ रुपए दिया रेट है पहले साल दूद दूद के लिए तीन परसेंट दूसरे साल के लिए दो परसेंट है। पहले तो चलो डिफरेंस का भी शॉर्टकट सिखा देता हूं अभी हमने वो निकालना सीखा अगर रेट अपने पास मान लेते हैं छह परसेंट और सात परसेंट है तो किस प्रकार से निकाल देते छह प्लस सात तेरह है पॉइंट या फिर सीधा बोल सकते हैं पॉइंट बयालीस दोनों छोड़ के लगा सकते हैं पॉइंट बयालीस परसेंट इस प्रकार से निकालना होता है तो यहाँ पे क्या है तीन और दो इनको दो अंक के के के बाद पॉइंट पॉइंट पॉइंट पॉइंट होता है जीरो जीरो परसेंट परसेंट ऑफ निकालेंगे हटाने हटाने लिए लिए लग... लिख लिख दिया सो। और एक परसेंट हटाने के लिए सो लिख दिया और सौ डबल जीरो से डबल जीरो पर छह को दो से किया बारह बारह सो कितना आया जीरो यही इनका स है जीरो पॉइंट उम्मीद है सात परसेंट डिफरेंस अपने को दिया इक्कीस प्रिंसिपल अब की बताना है छह को सात से किया बयालीस पॉइंट बयालीस परसेंट पॉइंट बयालीस परसेंट ऑफ प्रिंसिपल कितना है इक्कीस पी का पॉइंट बिंयालिस बिंयालिस अपॉन पॉइंट है कहने के लिए हंड्रेड और परसेंट के लिए हंड्रेड इनटू ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन से ये टू टाइम्स टू से ये फिफ्टी फिफ्टी इनटू सो फाइव हंड्रेड पी अपॉन फाइव हंड्रेड आ गया इधर बराबर बना है पी की वैल्यू आ गई पी की वैल्यू प्रिंसिपल की वै उम्मीद है है एक बार बच्चे समझ फिर से इसको रिपीट कर कर देता हूं दो साल के लिए के लिए लिए डिफरेंस क्या बताया रेट है दोनों मल्टीप्लाई अपना होता है अक्स वाग। अक्स वाग से ट्वेंटी वन 21 से 2 2 से 2 2 टाइम्स 15 P 200 ये अपना आंसर हो गया उम्मीद है आप अच्छे समझ जो वो होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई हंड्रेड परसेंट ऑफ P और ऐसा ही अपना होता है एक्स प्लस वाई परसेंट ऑफ पी तो डिफरेंस हमेशा यही तो होता है एक्स वाई वाई हंड्रेड परसेंट ऑफ पी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले साल के लिए छह परसेंट दूसरे साल के लिए एक परसेंट छह को एक से क्या अच्छा है पॉइंट जीरो छह परसेंट छह पॉइंट हटाने के लिए अपन में हंड्रेड इनटू परसेंट का हंड्रेड � ऐसा होगा नहीं होगा यहाँ पे सी आई और एस SI आई का डिफरेंस दिया, यहां पे CI दिया CI SI का नहीं है तो रेट निकालें कैसे निकालेंगे 1, दोस्तों पॉइंट हटाने के लिए अपन में हंड्रेड ले लें इंटू परसेंट का हंड्रेड इंटू प्रिंसिपल टू एक लाख इकतालीस हजार दो सौ ये सात सौ छह से है सामने भेज दो, जीर, जीर, दो सौ दो जीरो एक हंड्रेड के दो जीरो हंड्रेडी लाइट बीस लाख रुपए यही अपना आंसर होगा बीस लाख उम्मीद है ये प्रश्न या बच्चे समझ पाए होंगे बट कैन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और... रेट दी हमने उनको पहले साल के लिए 5% दूसरे साल के लिए 4% और डिफरेंस किया डिफरेंस निकालने के लिए 5 को 4 से किया 20 मींस बटे 100 100% के लिए फिर मींस अपॉन 100 तो डायरेक्ट लिखना है हटाने के लिए 100 प्रिंसिपल तो 40 20 से टू टाइम्स टू वे आ गए ये कितना 100 100 10000 प्रिंसिपल आ गया दो को दस हजार से गुना करेंगे बीस हजार बीस हजार अपना उम्मीद है आप अच्छे समझ पा रहे होंगे आगे बढ़ते हैं हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। पांच रेट है, तीन परसेंट में दो साल सीआई बताना है दो साल के लिए तीन परसेंट के हिसाब से क्या होगा तीन प्लस पॉइंट तीन को तीन से क्या नो छो छह पॉइंट जीरो नौ परसेंट अपने को निकालना है तो हंड्रेड लिया आप इस को हटाने के लिए फिर से हंड्रेड लिया इन टू पांच हजार दो जीरो कर, एक जीरो से एक जीरो, से दो, कितना आएगा तीन सौ का डबल छह सौ तीन सौ चार पॉइंट पांच डिवाइड कर लेना यह अपना एंसर होगा उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ पाएंगे फॉर्मूले से भी याद रखना है अब दूसरा तरीका भी इसका हो सकता था वो भी देख लेते हैं यहां पे उससे भी इजी होता सो से एक से से ये ये तो दस दार है ये एक को मल्टीप्लाई करना दोनों में जितना ज्यादा है सो से उतना ऐड करो एक में सौ छह और तीन को तीन से करो दो दस हजार छह सौ नौ आ गए कितना ज्यादा है छह सौ अगर दस हजार होता तो छह सौ नौता पर अपने पास तो पांच हजार है मतलब करना से से मतलब डिवाइड कर दो सौ चार पॉइंट है समझ पा रहे रेट टू परसेंट के पॉइंट हटाने के लिए हंड्रेड इनटू परसेंट के लिए हंड्रेड इनटू प्रिंसिपल बराबर टू रूपीज यही अपने को बताया दो के अकॉर्डिंग है दोस्तों हर बात ये जल्दी मिलना कर Direct होगा होगा देखिए सीआईएसआई सीआईएसआई का का डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंस दिया दिया ना कि सीआई मैंने है क्या क्या पे पॉइंट के लिए करेंगे हटाने प्रिंसिपल रुपए है है है क्वेश्चन अच्छे से देखने को अलग लेवल के क्वेश्चंस। प्रिंसिपल दिया है अपने को आठ पे। पे। रेट टाइम ईयर, सीआईएसआई का डिफरेंस होगा क्या वो देखिए, ये टाइम है, ये है। ये ईयर, हाफ ईयर यहाँ पे रेट हुई है यहाँ पे होगी फोर तो परसेंट क्योंकि आधा साल है इस कर दी में में क्या होगा? यहां से और फिर इसके ही में क्या होगा? होगा? से जाएंगे बाद। सी आई कितना आएगा आठ प्लस चार बारह सीधा तो है। लिखते हैं बारह इंटू आठ सौ तो चार से किया बत्तीस बारह पॉइंट बत्तीस कितना ज्यादा आया जीरो पॉइंट बत्तीस ऑफ यही इनका डिफरेंस होगा जीरो से से 2, 2 से फाइव रुपए डिफरेंस कितना आया अपना आ गया? ये आ सोलह रुपए मुमी द इक्वेशन दिया बच्चे समझता हूं पूरे साल के लिए 8% था क्योंकि तो कंपाउंडेड हाफ इयरली नहीं होता कि चर-चर की टीम बेस बना देंगे अपने वैसा कहीं भी नहीं बोल रहा तो 1.5 ईयर है पहले 1 ईयर की जो फिर 6 मंथ्स के लिए सेम क्वेश्चन प्रिंसिपल 5000 रेट 8% टाइम 1 ईयर 3 यह मैंने टाइम ईयर है है है है इसमें लगेगा कितना होता टाइम भी वन, भी रेट होगी आगे लगेगी एसआई के अकॉर्डिंग वैसे देखें देखना है तो को दो से अपना पांच हजार आंसर आ गया अपना यहां पे आंसर आया अपना उम्मीद है अच्छे से अब समझ पाएंगे है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब थोड़ा सा तीन साल वाला सीख लेते हैं। एक रेट दी अपने दो और पहले का निकाल लें। किस प्रकार से तीन प्लस छह छह पॉइंट जीरो दो तो डायरेक्ट अब चार अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा क्योंकि तो पहले से दो अंक अपने तो तीन सौ दो को तीन से किया को को से से किया को से किया दो था चार छोड़ पॉइंट लगाना 0906, 0906, देख ले उम्मीद है यह किस प्रकार से किया यह भी समझ पा रहे एक प्लस दो तीन तीन पॉइंट जीरो दो और तीन चार अंक छोड़ के बाद अब जोड़ना अपने बता रहा हूँ डायरेक्ट करना तीन सौ दो तीन से करेंगे नौ सौ छह नौ सौ छह नौ सौ छह तीन अंक चार अंक लेना है अगर इसको वैसे लगा के देखे मान लेते हैं है पहले साल के लिए 1 लगा कितने दूसरे साल के लिए 2 लगा एक सौ तीन पॉइंट जीरो दो के लिए पे लगेगा तीन परसेंट कितना होगा जीरो थ्री जीरो टू का तीन टाइम्स छो जीरो उम्मीद है यह भी समझता है एक बार और देख सकते हैं थोड़ी बड़ी अमाउंट में तीन परसेंट पांच परसेंट और छह परसेंट पहले इनका आठ पॉइंट पंद्रह और आठ सौ पंद्रह को छह से भरेंगे आठ सौ छह से किया अड़तालीस पंद्रह को छह से किया नब्बे पॉइंट फोर एट नाइन जीरो जीरो नाइन आठ पांच तेरह वन फोर वन फाइव प्लस वन सिक्स चौदह पॉइंट तिरसठ नब्बे यह अपना सीआई होगा तीन साल के लिए उम्मीद है ये क्वेश्चन आप अच्छे समझ पाए होंगे देखने हैं कुछ क्वेश्चंस इसका वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अपने पास अगर सेम रेट दी गई है सेम रेट है मान लेते हैं एक परसेंट है इसके लिए निकालना वैसे होगा तो किस प्रकार से करते हैं हो रहा है अब इनका निकालें तो पहले तो तीन पॉइंट जीरो एक फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा दो पॉइंट जीरो छोटे आया तीन पॉइंट जीरो तीन जीरो एक। ये निकालना है अब इसका फॉर्मूला बताता हूँ वन परसेंट टू परसेंट थ्री परसेंट फोर परसेंट फाइव परसेंट सबका निकाल के दिखाते हैं इसका फॉर्मूला होगा थ्री आर डोट आर थ्री आर स्क डोट आर क्यूबी ये कहां से आ रहे हैं ये भी नेक्स्ट क्लास में आपको बता देते हैं ये फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि उठा के वैसे ही लेके आ रहे हैं यह भी आ रहे हैं 1%, 3 1, 3, यहाँ पे पॉइंट लगाओ 3 into, 1 का स्क्वायर दो में, में लिखना है 2 4, 4 को जीरो करेंगे पॉइंट लगा चार की क्यूब के लिए क्यू चौसठ बारह पॉइंट की और क्यूब अड़तालीस चौसठ इसी प्रकार फाइव के लिए करेंगे तो क्या आएगा 5 के लिए 5 को पॉइंट पे होंगे इसके अलावा अगर दस परसेंट के लिए भी देखना है तो वो और देख लेते हैं दस परसेंट थ्री आर डॉटर डॉट आर क्यूब को दस से क्या तीस पॉइंट दस का स्क्र सो सो को तीन से क्या तीन तो यहाँ पे डबल जीरो जीरो उम्मीद है रखो दस इतना वन जीड़ जीड़ जीड़ जीड़। आप अच्छे से समझ पाए है। देखते हैं प्रिंसिपल अपने को दिया डायरेक्ट 3r. इसको कट कर देता है और ये ऐसा करते हैं पर अपने पास यहाँ पे सेम नहीं है रेट रेट अलग-अलग दी गई है तो, तो ट्राई करते हैं टू थ्री एंड फाइव टू प्लस थ्री फाइव पॉइंट टू को थ्री से क्या जीरो सिक्स और अब फाइव परसेंट फाइव प्लस फाइव टेन पॉइंट जीरो सिक्स प्लस छ पांच सौ को पांच से किया पच्चीस तो कितना होगा दो तीन पांच प्लस पांच दस डिफरेंस अपना डायरेक्ट सिर्फ एक ही होगा 0.3130 5000 सिर्फ ये अपने को निकालना है इसको करेंगे पूछा ही नहीं जाएगा पूछता ही नहीं बाकी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि निकलेगा नहीं है निकालना है तो देखिए 313 वन पॉइंट के बाद रखने तो अपॉन में ट्रिपल जीरो रख सकते हैं के लिए हंड्रेड पांच ऐसा करेंगे ट्रिपल ट्रिपल जीरो जीरो से से से से से का पांच दो डिवाइड डिवाइड करके पॉइंट लगा दें एक अंक और पहले भी करें तो वन टाइम टाइम कितना कितना बचा बचा बचा फाइव फाइव सिक्स टाइम्स बाकी आप सोल्व कर लेना कोई एरर अब देखते हैं जब सेम रेट अपने पास हो तो क्या करें ये देखिए रेट रेटर तीन परसेंट दिया है इसमें तीन से किया सत्ताइस और तीन की क्यूब सत्ताइस चार सत्ताइस पॉइंट सत्ताइस सत्ताइस तो इसको करें अगर अपने सामने तो है दो सौ बहत्तर पॉइंट सात हम भी इसको दो सौ बहत्तर पॉइंट सात बना दे तो अकाउंट में ट्रिपल जीरो इंटू हंड्रेड इंटू प्रिंसिपल बराबर सामने भेजने क्या आएगा एक हजार था वन जीरो टू जीरो वन लाख ये अपना आंसर हो गया एक लाख रूपये उम्मीद रहेगा संदी आप अब अच्छे से समझ पाएंगे हाँ हाँ पहले टाइम के लिए चार परसेंट रेट उसके बाद दो परसेंट रेट उसपे निकलेगी रेट इसी प्रकार सी आई अगर हाफ ईयरली है तो उसमें क्या होगा तीन पार्ट बन जाएंगे टू परसेंट टू परसेंट और टू परसेंट इनमें तीन बार में निकालना है इसमें सिर्फ दो बार निकालने तो किस प्रकार से होगा एट परसेंट हाफ ईयरली निकालना है तो पहले टू टू फोर पॉइंट टू को टू से किया जीरो फोर और टू अब इनका निकालना है तो सिक्स पॉइंट जीरो फोर और इनको दो से किया चार सौ चार को दो से किया आठ एड करें जीरो एट टू वन ऐसा कर सकते थे सिक्स पॉइंट टू वन जीरो एट ऐसा ही करेंगे डायरेक्ट निकाल भी सकते थे इसमें कोई लिखने की भी नींद नहीं थी उसमें भी रख के निकाल सकते थे थ्री आर डॉट आर स्क्वायर डॉट आर क्यूब थ्री आर डॉट थ्री आर स्क्वायर डॉट आर तीन है टर्म गए ये आ गया माइनस करके देखते हैं इनका डिफरेंस कितना डिफरेंस कितना होगा सिक्स पॉइंट वन टू जीरो माइनस सिक्स ना जीरो ना माइनस करेंगे बारह में चार चार 0.0408 ये परसेंट परसेंट निकालना है इसको के के लिए लिए 408 40 अपने पास 10000 100 प्रिंसिपल को नहीं पता बराबर 204 204 से टू टाइम्स है से 50 50 के आगे फिफ्टी इन टू टेन 10000 का तो एक जीरो दो तीन और चार कितना होगा लाख ये अपना आंसर होगा प्रिंसिपल गया फाइव लैक उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ पाएंगे सीआई हाफ ईयरली और सीआई एनुअली के बीच में निकालना है डिफरेंस प्रिंसिपल दिया है रेट दिया है टाइम दिया है एनुअली में क्या होगा छह परसेंट और हाफ ईयर दिए थ्री परसेंट किस प्रकार से सिक्स प्लस थ्री नाइन .6 को से किया, 18. 6 का का हाफ होगा वैसे तो याद ही हो जाना चाहिए स्क्वायर और ये आ गया नौ जीरो जीरो परसेंट अपना ये डिफरेंस आया है जीरो हटा दिया चार चार अंक थे नीचे कितना आएगा वो अपने को बताना है ट्रिपल जीरो से ये है यह को फोर से कर लें नौ सौ को चार से किया छत्तीस सौ प्लस सत्ताइस नहीं चलो ऐसा नहीं होगा हंड्रेड सेवन जीरो थ्री पॉइंट सेवन जीरो इनका डिफरेंस हो गया कितना डिफरेंस आया थ्री पॉइंट सेवन जीरो तो अपनी आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं उम्मीद है आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपने अभी तक तो हमारे इस चैनल चैनल को को सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए आप आप की आपको वीडियो या किसी प्रकार से उसका करवा दिया जाएगा थैंक यू आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए मिलते हैं